आई सी के बता रहे हैं चलो पहले बंदे आते हैं लाल लाल आपने गाना कुछ थोड़ा एक जीरो करके कम करो इंग्लिश भाई विवान हां मैं बोलता हूं हां भाई अरे विवान हां मैं अब बदल एक actually hold up so it was <laughs> uh so it's yes. it's uh h t s rani ne bhi lagaaya to lagaaya aur camera got that shot what is your reply यहा तो पे उपदेश देना मैं चेक कर रहा है एक बार वो बिल से ले आओ धन्यवाद हां पेट्रोल कितना क्या मान लो समझा देवे हम ट्रेन भी मार दिया अब तो मेरे से निकलो नहीं तो मैं तुम्हारे मुंह पे कील मार दूंगी वो भी जान जाऊंगा लेकिन ये फेंकिया मोबाइल पर फैमिली का पॉकेट ही है चला जाओ इधर से जमान किया बढ़ाया लॉस्ट करने पड़ेंगे ये तो <coughs> और वो भी तुम करवा करवा उधर फ्लॉप से बेटा तो अरे लेकिन अनन्या जब तब करो हेलो हेलो करवाना है ना राइट मारो ना पीछे राइट पीछे मार मार लेफ्ट आगे कर